ज्यादा हद से पार हो गया दिन तेरी चाहतों में गुजरने लगे दिल कहे हर गली तुमसे मिलने चले पहलू में हर दम बैठे रहे